नव वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ धनु राशि के जात को प्रेम राशिफल 2020 आप लोगों के लिए क्या कुछ नया लेकर के आया है आपके मन में यह होगा कि प्रेम के मामलों में हमारा 2020 कैसा तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाए हैं फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए तो अधिक समय ना लेते हुए क्योंकि इस चैनल पर कोई फालतू की बातें नहीं होती इधर उधर की आप लोगों का समय बड़ा कीमती है तो इस वीडियो को तुरंत आगे बढ़ा रहे हैं तो 2020 धनु राशि के जातकों आपको मिले जुले परिणाम प्रेम के मामलों में ये देगा हासिल कराएगा क्योंकि राहु का सातवें स्थान में होना थोड़ी सी परेशानियां पैदा करने वाला हो सकता है ऐसे में आपके साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं जिसके चलते जो आपके रिलेशन है ये ब्रेकअप की स्थिति में आ सकते हैं आप लोगों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं लेकिन यहाँ पर राहत की बात एक है क्योंकि कुछ समय बाद धीरे धीरे राहु के प्रभाव में कमी आने लगेगी तेईस सितंबर को राहु और केतु का मेजर ट्रांजिट हो रहा है एक बात और बताना चाहेंगे कि जो आपकी दूरिया थी जिनसे आपका ब्रेकअप था उल्टा फिर जो है वापस उन्हीं से आपका रिलेशन हो सकता है और आपकी प्यार की जो फिरारी गाड़ी है ये रफ्तार पकड़ेगी दांपत्य जीवन के स्वामी ग्रह बुद्ध केंद्र में ही गुरु केतु सूर्य शनि के साथ विराजमान है इसके प्रभाव से आपका जीवन सुखमय बनेगा साथ ही प्यार आपका प्रवान चढ़ेगा राहु का सप्तम भाव में होना दांपत्य जीवन के लिए ठीक नहीं है एक दूसरे के साथ कलहपूर्ण स्थितियाँ बीतेंगी और आप लोगों के बीच मतभेद पैदा होगा इसलिए अपने जीवन साथी के साथ प्रेम और विश्वास के रिश्ते को बनाए रखना जरूरी है देखिए जी ने भी कहा है कि धागा प्रेम का मत तोडो टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े यदि गांठ उसमें पड़ जाती है जोड़ते हैं फिर उसमें गाठ ही रहेगी वो पहले जैसी बात नहीं आएगी जो प्रेमी प्रेम का रिश्ता इस समय जुड़ा है तो राहू चूंकि सप्तम भाव में आना उनके संबंधों में विच्छेद कराएगा अलगाव कराएगा तो अपने साथी पर आप लोग विश्वास बनाए रखिएगा जनवरी के चौथे सप्ताह यानी कि 24 जनवरी को शनिदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं जिसका लाभ आपको मिलेगा आपके रिश्तों में आई हुई कड़वाहट खत्म होगी आप दोनों के बीच एक बार फिर सब ठीक होगा जो धनु राशि के जातकों जातक हैं इनका प्यार और मजबूत होगा मई माह के दूसरे सप्ताह में शनिदेव वक्री हो रहे हैं जिसका असर आपके प्रेम पर पड़ेगा मई माह में आपके संबंधों में थोड़ा सा तनाव आ सकता है लेकिन पेशेंस बनाए रखिएगा जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले तो ठीक रहेगा देखिए दर्शकों एक बात बताएं चौदह मई को धनु राशि में गुरु वक्री हो रहे हैं इससे आपको कुछ मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा आपके रिश्तों में सुधार होगा जून माह के आखिरी दिनों में गुरु वक्री अवस्था में ही धनुराशि में आएंगे जिससे पिछले समय से अधूरी चली आ रही कुछ कार्यों को जो पूरा करने में आपको समय रहता है वो आपके कार्य पूरा होंगे साथ ही साथ प्रेम प्रसंग में आपको सफलता मिलेगी आप लोग अपने घर परिवार के लोगों को मना सकते हैं एक दूसरे से विवाह के बंधन में बंधने के योग बन रहे हैं लेकिन सितंबर माह के मध्य में गुरु मार्गी होंगे आपके प्रेम के भविष्य को लेकर के कुछ योजनाएं आप लोग बनाएंगे और उसको अमलीजामा पहनाएंगे सितंबर के अंत में शनिदेव भी मार्गी होंगे जिससे प्रेम की स्थिति आपके अनुरूप बनेगी 20 नवंबर को गुरु पुनः मकर राशि में आ जाएंगे मकर में देव गुरु बृहस्पति नीच के होते हैं तो पूर्व में जो बनाई गई योजनाएं और यहाँ पर नीच भंग भी होगा शनि ऑलरेडी विराजमान है और गुरु आएंगे तो नीचभंग राजयोग होगा तो जो योजनाएँ आपने बनाई हैं उनमें आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा आपके प्रेम संबंधों में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी घर वालों को मनाते मनाते थक गए हैं तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है तो दर्शकों जो धनु राशि के जातक थे उनके लिए यदि हम एक शब्दों में कहें तो ये वर्ष जो रहेगा 2020 हजार ठीक ठाक रहेगा लेकिन आपको संयम बनाए रखना है किसी दूसरे की बातों में आपको नहीं आना है और संबंधों को विच्छेद नहीं करना है उपाय पर आ जाते हैं उपाय क्या करना है फटाफट लेकिन दर्शकों जो धनु राशि के हैं कैरियर राशिफल भी हमने आपका तैयार कर दिया आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं अंग ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी हमने तैयार किया है वार्षिक राशिफल भी तैयार कर दिया हर मंथ का राशिफल डालते हैं दैनिक राशिफल डालते हैं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बगल में बना बेलाइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी सारी वीडियो बिना किसी बाधा के आप तक पहुँचे उपाय क्या करना है सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा अमावस्या के दिन मीठा चावल आपको गाय को को को कुत्ते खिलाना रहेगा अमावस्या के दिन मीठा चावल गाय कुत्ते को आपको खिलाना रहेगा दूसरा नित्य राहु स्त्रोत का आपको पाठ करना रहेगा पूछेंगे राहु स्त्रोत कहाँ मिलेगा आप लोग हमारे फेसबुक पेज को जो है लाइक कर दीजिए वहां पर सारे स्त्रोत वगैरह आपको मिल जाएंगे तीसरा दर्शकों करना क्या रहेगा कि जो है बुधवार वाले दिन चावल के आटे की जो गोली है माह में एक बार आपको मछलियों को खिलानी होगी ये तीन प्रयोग करिएगा देखिएगा कि कितनी जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहाँ पर काम की बातें होती हैं फालतू की कोई बकवास नहीं होती है आपका समय बहुत कीमती है दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार